YouTube hey आज हम घूमने जा रहे हैं। जा जा रहे हैं yeah. <laughs> <कहा> जा रहे? भाई? <laughs> अभी कुछ प्लान नहीं है कि कहा जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह रहे रहे? हैं आज। जा कहीं घूमने का प्लान बन रहा है और यहाँ पे अभी नागपुर पे हम और जा रहे हैं अभी एक जगह यहाँ पे एक मस्त सा प्लान बना है अभी होली के दिन होली तो नहीं मना पाए लेकिन अभी एक जगह जा रहे है देख के बताइए का बटन ठुक के डाल आ गए बसंती <laughs> नागपुर की गलियों से निकल के हम दे तीन चार चौक थे वहाँ से निकले और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह और ये ब्रिज पे जाके निकले हम फिर अभी भी हमारा प्लान नहीं बना था कि हम कहाँ जा रहे हैं लेकिन जा रहे थे अच्छी सी जगह जा रहे थे बस सोचा था कि अभी निकलेंगे लेकिन कुछ प्लान नहीं बना कि कहाँ जाना है क्या जाना है तो निकलते निकलते हमने ब्रिज के ऊपर से फिर मतलब टन कहीं भी ले रहे कि जहाँ अच्छी जगह दिख जाए कुछ फिक्स प्लान नहीं था लेकिन निकल गए फिर सोचा कि चलो चिड़ियाघर निकलते हैं लेकिन चिड़ियाघर इतनी जल्दी पहुँच गए फिर वहां से गेट पर से ही निकल गए कि दो तीन राउंड मारे फिर सोचे कि चलो एक जगह जाते हैं फिर कहीं और का सोचने के फिर निकल गए लेकिन यहां पे नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे थे पेड़ थे पेंटिंग थी ब्रिज यहां पर ब्रिज ही ब्रिज मिलेंगे आपको और कुछ नहीं है फिर झांसी रानी चौक पहुँचे फिर उसके बाद निकले फिर एक पुल से पार हुए काफ़ी ट्रैफिक पार किया उसके बाद निकले शानदार फिल के साथ और फिर बताएंगे आपको व्यूडियो भी बने रहे आगे बताते हैं कि हम कहाँ आ और खूब इंजॉय किया हमने फिर ट्रैफिक को फाड़ते हुए निकले और फिर सोचा हमने कि चलो भाई लास्ट में फार्म हाउस निकलते हैं और फार्म हाउस जाने के लिए पता किया फिर उसके बाद निकले फार्म हाउस तो घूमे निकले हैं। निकल है? रहे हैं फार्म जा रहे हैं। अच्छा, पता उस जा रहे हैं, ठीक है? है, अलग और भाई फिर हमें एक फार्म को पता लगा जिसका और तो ये फार्म हाउस तक नहीं पहुंचने वाले हैं शायद भटक रहे हैं चारों तरफ किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है पहुंच गए पहुंचने वाले हैं गिरना फार्म हाउस है ते ते रोजलो, रोजलो, रोजलो, रोजलो, रोजलो, हाँ। और ना मिले तो खोज लो गेट से एंट्री करते हुए ये सबको जगह लोकेशन बहुत अच्छी लगने लगी क्योंकि गेट पे ही इतना अच्छा फूल वगैरह ये सब चेहरे बहुत प्यारा व्यू था फिर उसके बाद जैसे ही अंदर गए अंदर जाके तो आए आये मज़ा आ गया क्योंकि तो वहाँ ये पहुँचे हैं किरनाए चार दो तीन घंटा नाचने के बाद जो मजा आया उसके बाद निकले हम सीधा काफी एंजॉय किया एक दो घंटा तो ऐसे ही हो गया था टाइम नहीं लगा तो फिर गैसिंग भैया यहां पे सफाई कर रहे हैं चारों तरफ और एकदम मस्त नजारा चारों तरफ निकलने वाले हैं यहाँ से और नीचे डीजे नाश कर दिया है यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है काफी प्यारा सा क्योंकि सब उनका इतना एंजॉय किया है काफी मतलब पैसा वसूल था और काफी अच्छी जगह है सोचा नहीं था कि इतना करेंगे लेकिन काफी इंजॉय किया और काफी मजा आया है इस जगह पर और बेहतरीन जगह कहूँगा की हाँ अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बता इतना ही नहीं अच्छा रहेगा काफी अच्छा शानदार खूब मजे कर मैं नहीं, नहीं नहीं इतना हमने बनाया।